आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आम आदमी पर टैक्स का बोझ लादकर विधायक खरीदने में लगी हुई है सिंह ने कहा कि आज जनता महंगाई की मार से जूझ रही है लेकिन बीजेपी सरकार अपने दोस्तों के कर्ज माफ करने में लगी हुई है सिंह ने विपक्ष पार्टियों आरोप इंटेलिजेंस के पड़ रहे पर भी सवाल खड़े किए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा की बीजेपी आम जनता के टैक्स के पैसे से विधायक खरीदने में लगी हुई है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के साथ ही कई राज्यों के विधायक खरीदे गए ये हम नहीं जनता भी जानती है बीजेपी ने दिल्ली में विधायक खरीदने की नाकाम कोशिश की है विधायकों को करोड़ों का लालच दिया गया लेकिन आम आदमी पार्टी क्रांति से निकली हुई पार्टी है बिकाऊ नहीं है बीजेपी सरकार में महंगाई जहां चरम पर है आम आदमी घर चलाने और बच्चों की फीस भरने के लिए मोहताज हो रहा है वहीं केंद्र की सरकार ने अपने दो दोस्तों का करीब साढ़े दस लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया आज देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के ऊपर टैक्स लादकर बेरोजगारी बढ़ाकर महंगाई बढ़ाकर जनता से पैसे वसूल रही है और दूसरी तरफ इस पैसे को दो चीजों पे तेजी से इस्तेमाल कर रही है पहली चीज ये विधायक खरीद कर विपक्ष की पार्टियों के सरकार गिराने का काम कर रहे हैं और अपनी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं अब तक तिरसठ सौ करोड़ का मामला इस तरीके का सामने आ चुका है तो ये क्या खेल है दूसरी तरफ इस पैसे को अपने मित्रों के जो चंद पूंजीपति हैं दस लाख बहत्तर हजार करोड़ रुपए माफ करने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं गुजरात में शराबबंदी के नाम पर बीजेपी के लोग अवैध तरीके से धंधा करते हैं यह आरोप मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के पंकज सिंह ने लगाया है उन्होंने कहा जहां हाल ही में शराब पीने से पचास से अधिक लोगों की मौत हो गई गुजरात के एक पोर्ट से करोड़ों की ड्रग्स बरामद की गई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई उस तरह नहीं की गई पंकज सिंह ने शिवराज सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार कर्ज में डूबती जा रही है बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहा है कारम बात भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है लेकिन यहाँ सी और ईडी की रेड नहीं पड़ रही है जो भी बीजेपी में आता है उसके सब पाप धुल जाते हैं उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया पर लगाए गए आरोपों में कुछ हासिल नहीं हुआ है बीजेपी अलग अलग मनगढ़ंत भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है दिल्ली में शिक्षा को प्रभावित किया जा रहा है गुजरात के भी मैंने मामले रखे हैं की कि किस कि तरीके ऐसी उनके मित्र के पोर्ट में बाईस करोड़ का ड्रग्स मिला है 50 से ज़्यादा लोगों की गुजरात में शराब पीने से मौत हुई है अन्य जगहों पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी सीबीआई जांच करें उन पर भी कार्यवाही करें और लोकतंत्र की इस खरीद परोख्त के माध्यम से जनता पे बोझ डालकर महंगाई का बेरोज़गारी का हत्या करने के ये जो मामले आ रहे हैं इस पर भारतीय जनता पार्टी विराम लगाए नहीं तो जनता देख रही है आगामी गुजरात के चुनाव हों चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव हों चाहे हिमाचल के हों चाहे फिर लोकसभा 2024 में जनता आपको आपकी हकीकत दिखाएगी और आपको असली जगह दिखाने जा रही है। न केवल इतना ही खेल है बल्कि विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए ये लोग सीबीआई और ईडी का डर भी दिखाते हैं तो सीबीआई और ईडी का डर ये अन्य जो लोग इनकी पार्टी में भ्रष्ट हैं उनको भी दिखाएँ और